मध्य प्रदेश में नई आपकारी नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी नई आपकारी नीति के तहत स्कूल कॉलेजों हॉस्टल या धर्म स्थलों के पास शराब बिकना बंद होगी साथ ही लाइसेंस शुल्क भी 10 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा गरमाया हुआ है शराबबंदी को लेकर शिवराज को उन्हीं की पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती घेर रही है उन्होंने शिवराज से मुलाकात भी की थी लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गयी अब मध्य प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2023 से नई आपकारी नीति लागू कर रही है जिसके तहत 108 तो ऐसी दुकानों को बंद किया जा सकता है जो स्कूल कॉलेज, कॉलेजों हॉस्टल या धर्मस्थलों के पास है आपको बता दें 108 तो दुकानों के बंद होने से सरकार को 330 करोड़ का नुकसान होगा इसके साथ ही नई आपकारी नीति में लाइसेंस शुल्क भी दस बढ़ाया जा सकता है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें